Money, fame, dirty money, fame. Spending millions every day, but I'm still the same. Money, fame, money, fame, dirty money, fame. Spending millions every day, but I'm still the same. If you're no Santa, white collar gangsta. Uh. घंटी बजे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 सब सब ड्रैगो फनी फलेस फनी फलेस ड्रैगो यो यो ए टेस्ट सब सब जालो गंटी बजे देखा तेरी फोटो सौ सवार कुड़े देखा तेरी फोटो सौ सवार कुड़े कर दिया तेरे दिल अब ना सकू। बात तुझे ना सकूं सकूं तुझे मेरी गुड मॉर्निंग तू है मेरी गुड नाइट भी तू यदनिया रोक लगे मेरे लिए नाइट भी तू मन मेरिदान दिवन निरमान मेरे रसान कुड़े